प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हरदा में सेवा प्रकल्प पखवाड़े की शुरुआत की गई ये दो अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसके तहत हरदा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया भाजपा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने ग्राम बाल गांव और झाड़पा में पौधारोपण कर इसकी देखभाल का संकल्प लिया सेवा प्रकल्प पखवाड़े में पौधारोपण और रक्तदान शिविर के अलावा गरीब बस्तियों में सेवा कार्य किए गए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य सदस्य और हरदा जिले के प्रभारी विकास बिरानी ने कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़े में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी वही जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन आरोप प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी और कहा की आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन आरोप पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सेवा भाव का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाई रक्तदान शिविर होंगे चिकित्सा शिविर होंगे योजनाओं के लाभ ऐसी जो लोग अभी रह गए उनके सारे कार्ड आयुष्मान कार्ड हो क्या उज्जवला योजना के उनको सुविधाओं का लाभ मिले इस प्रकार की सारी योजनाओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतरा है मोदी जी का जन्मदिन हम पूरे जिले के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है ज़िले नहीं पूरे प्रदेश में भी और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव के काम कर रहे हैं आज हमारे यहाँ भी हमने रक्तदान शिविर लगाया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्त रक्त दान दान दान दे रहे हैं रक्त दान देने में क्या महादान जैसा है।